नास मैं हूं मोहम्मद इनायत आप सभी का इस्ताल है हमारे YouTube चैनल कल्ला पर जैसा कि आप लोग खूब ही जानते हैं इश्तार के जरिए आपको पता चला होगा कि आज हमने याद हुसैन और शौद करबल्ला की याद में ये प्रोग्राम रखा है इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वा करूंगा, गुजारिश तो करूंगा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें आइए हजरत इस महफिल का आगाज हम करने जा रहे हैं या صدق الله सद् सद्लान इमाम हुसैन की याद में लोग इस महीने को गुजारते हैं और रोज़ाना कई मुख्तफ़ चैनलों पर आप लोग देखते होंगे तो मुख्तलिफ़ हजरा बहुत तो सारे हजरा प्रोग्राम अपने लाइव करते हैं और इमाम हुसैन और हसन की याद में रोते हैं उनकी याद में जिक्र करते हैं और उनकी बारगाह में खराजा की दरपेश करते हैं तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा है आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ अपने इसलाफ के तरीक़े पर चलते हुए उनके तौर तरीके को अपनाते हुए हम इस महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्ल से करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी मई न فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ फसल और अब कश अब الله सुबहान वो कला में पाक है जिसके बारे में एक शायर क्या खूब फरमाता है कहता है है कौल नबी कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा ये वो कुरान है जिसकी तिलावत ने हजरत उमर के दिल की दुनिया को बदल करके रख दिया ये वो कुरान है जिसे सुनकर के अबू जहल के दिल में भी इस्लाम की क्षमा रोशन हुई थी मगर उसके तकबर और उसकी दुनियावी लालच ने उसे इस्लाम से इस्लाम में आने न दिया इस्लाम में इस्लाम से उसे दूर रखा और वो अपने हालात बीत के साथ इस दुनिया से रुखत हो गया यारों ये वो यारोकाम पाक है जिसे पढ़कर कई बीमार शिफा हासिल करते हैं कई लोग इसे पढ़कर अपनी मुश्किलों से नजात पाते हैं यह कुरान है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तला शुर बकरा के अंदर शुरू में फरमाता है जालकल किताबुल बफी ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक और शुबा नहीं यही वो किताब है जिसमें की अजमत और शान को बयान किया गया है जिसमें अल्लाह तबारक व तला ने फरमाया कि तुम लोग शहीदों को मुर्दा ना कहो बल्कि वो तो जिंदा है और रोज़ी दिए जाते हैं ये हमारे साथ हमारे मेहफान जनाब हाफिज चराग साहब चिश्ती कल्ला <स्थाथ> शरीफ से जुड़ चुके हैं मैं उनकी बारगाह में सलाम अर्ज करूँगा असल वरि वाफि वाले सहाब जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ आ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इज्जत बख्शी और हमारी इस छोटी सी चैनल पर आप तशरीफ़ लाए और हमारे चैनल को रौनक बख्शी अल्लाह ताली आपको इस तरीके से चमकाता रहे जगमगाता रहे और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में उम्र में इल्म में और इजाफाता फरमाए तो इस महफिल के आगाज़ में मैं आप गुजारिश करूँगा कि नाते पाक हज़ुर सल अल्लाम कर, हम के दिलों को तो में जी जी भी चैनल का और कि कि आपने मुझे मौका दिया मैं मैं इस चैनल पर तो मैं तमाम का बहुत-बहुत शुक्रिया -बहुत करता हूं और उम्मीद करता हूँ मुझे आप फिर से मौका दें और अल्लाह तक हम देबार करूँगा इससे पहले दुरुदे पाक पढ़ते हैं बाबा सल्लल्लाहु बलन सल्लाई कयासूल्ला हबी अर्ष से नूर चला और हरम तक पहुंचा अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा सिलसिला मेरे गुनाहों का कहाँ तक पहुंचा बेशक फिल मेरे गुनाहों का कहाँ तक पहुंचा तेरी नाराज के तू तो जाने कहा मेरी के में तेरे कदम तक अल्लाह माशाल्लाह पहुँचाया वसल अल्लाह आइए मैं हुतियाज अली रहमतवान की लिखी हुई अहमदीबारी इस प्रोग्राम का आगाज करूँगाते हैं आप। तो اللهم اللهم اللهم اللهم والله والله هو الله هو هو ان هو الله من قلب کو اس کی دوجات کی گرزو قلب کو की है जिसका जलवा है में हर जलवा है आलम में हर चार सुब बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबह नो बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबह सुबह अर्श पर गए बगर अर्श को जूस्तू अल्लाह जु। अल्लो अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्ल पहुंचे मैराज में अर्श तक मुस्तफा ना ही मामू दो बंदे में पर्दा रखा पहुंचे मैं राज में, में अरसे तक मुस्तफा नो बंदी में परेशाना तब मलाइक ने हजरत से झुक कर का तब मलाइक ने हजरत से झुक कर का पूरी मखलूक में पूरी मखलूक में हकनुमा तूगी तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्ला करूंगा अल्लाबू अल्ला गो जी जी जी बिल्कुल मोलाना खाबे नूरी में आए नूर खुदा खाब नूरी में आए जो नूरे खुदा खाब नूरी में आए जो नूर खुदा बुकाए नूर हो अपना सुमत कदाँ बुकाए दूर हो अपना सुमत कदाँ बुका नूर हो अपना सुमत कदा, कदा। जगमगा उठे दिल चेहरा गो पुरसिया जग मगा उठे दिन चेहरा गो पुरसिया नूरियो की तरह वो जिक्र अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह गो अल्लाह अल्लाह गो अल्लाह आरशो फर्शो जमानो जहत ए खुदा जिस तरफ देखता हूँ मैं जलवा तेरा अरशो फर्शों जमानो जहते खुदा जिस तरफ देखता हूँ मैं जलवा तेरा जिस तरफ देखो के कतरे कतरे की में तू तू अल्लाह Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. अब मैं जो मेरी एक आदत करीमा है उसी के मुताबिक कलाम आला हजरत कलामुल कलाम इमाम इमामुल कलाम पेश करने की से हा, कर मेरे इमाम फरमाते हैं बहुत प्यारा कलाम है क्यों वो सुए ला लजार वो ते है वो सुजार फिर फिरते हैं वो सोए ला लार फिरते हैं tere din ae tere din ae baghare phirte hain tere din ae baghare phirte hain us gali ka कदा घूमे जिसमें उस गली का कदा घूमे जिसमें माँगते तंग जी तार फिर ते है माँगते तार जी दार फिर ते गे हर चारा गे मसार पल खुद सी हर चारा गे मसार पल खुद सी कैसे पलवा कैसे पर्वा, नवार फिरते पलवा कैसे परवाना और जो तेरे से ते यार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दरबल यू ही हाँ गा दरबल ही खार फिर थे दरबल ही खार फिर ते गरबल यू ही और भोले क्या ते खुमेरिया खो मे शाह जरत फरमाते हैं कि फूल क्या देखूं के खो मे दस्ते तह बा बार। बार के खार फिरते हैं और आखिर में अला हजरत फरमाते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी रज़ा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे शैता अला हजरत ने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया है कुत्ते या कितने लेकिन हमारी औकात नहीं कि हम इमाम को कुत्ते कहे तो मैं यही कहूंगा कि तुझसे शेता हजार फिरते तुझसे तुझसे फिर हजार फिर ते तुझसे अल्लाह सुहा माशाला मरहबाफी चला साहब कि बिला माशा अपने बहुत ही बेहतरीन कलाम पढ़ा अला हजरत का जी और जी और ये इमाम और ये कलाम बहुत ही बेहतरीन है ये मदीने के उन अवसाफ को बयान करता है उन नफरों को बयान करता है जो हम जैसे लोग अभी तक गए नहीं हैं इसलिए हमें तो सिर्फ नातों के ज़रिया और लोगों के ज़बानों के अल्फाजों के ज़रिया और उनकी बातों के जरिया पता चलता है कि मदीने में घूमने वालों का वहाँ रहने वालों का हाल क्या होता है उनका इश्क कैसा होता है आला हज़रत ने अपने इश्क को इस नात में बयां किया ये मदीने का इश्क था मदीने की गलियों में मेरे अका की आज भी खुशबुएँ जो घूम रही हैं हवाओं में मिलकर घूम रही हैं ये तो वो मदीना है जिसके बारे में एक शायर कहता है कि ये दावा है मेरा वतन अपना पुराना भूल जाओगे कोई अपना वतन छोड़कर जाना नहीं चाहता हर किसी को अपना वतन प्यारा होता है मगर यहाँ शायर कहता है कि अगरचे आप हिंदुस्तान में रहते हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो मगर आप लोग जब मदीना जाओगे तो अपना वतन भूल जाओगे कहता है कि, कि ये दावा है मेरा वतन अपना पुराना भूल जाओगे जाओगे मदीना एक बार तो वापस आना भूल जाओगे और जहां में पुरकशिश मंजर सुहाना भूल जाओगे मदीना देखकर यारों जन्नत में जाना भूल जाओगे वाँ, मेरा अक्का मेरा अक्का क्या कदम मुबारक की ये बरकतें हैं कि मदीना को अल्लाह तबारक व तला ने वो अजमत बख्शी है कि उसे जन्नत के बागों में से एक बागीचा बना दिया ये मेरा आका के कदमों की बरकत है और मेरा आका के कदमों की, की बरकत का आलम क्या हो सकता है आपने शुरू में कहा कि देर से नूर चला और हरम तक पहुंचा सिलसिला मेरे गुनाहों का कर्म तक पहुंचा तेरी मेराज तू जाने आका तू कहां तक पहुंचा मेरी मेराज ये है कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा ये मेरा आका की ये मेरा आका की देन है कि हम आका की नाते पढ़ते हैं और उनके जिक्र असहार करते हैं वरना हमारी जबान इस लायक नहीं कि हमारी जबान पर ऐसी पाक हस्तियों का नाम आए लेकिन अल्लाह का करण है कि हम उनके नगमे गुनगुनाते हैं और उनके नाम के कसीदे पढ़ते हैं आज हमने हमारे बीच दो और खास मेहमान आने वाले हैं एक जनाब शेखबासीत अली जो खलीफा हजूर शेखुल इस्लाम भी हैं जो रूपाल गुजरात से तशरीफ़ ला रहे हैं और एक है जनाब सैद मौनी सली जिसे आफिस चराग साहब भी माशाला जानते हैं उनके दोस्त हैं जनाब सैद मौनी सली बा साहब किबला वो भी अहमदाबाद से अभी तशरीफ़ हमारे स्क्रीन पर लाएंगे वन करीब हमारे बीच आने वाले हैं तब तक हम बात करते हैं इमाम हुसैन की इमाम हुसैन एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम सखावत में इस तरीके से आता है कि एक मरतबा बहुत ही मशहूर वाक़ है कि आप एक सफर में थे और आपके पास खाने के लिए सामान खत्म हो गया और आपको कोई को खाने के लिए मंजिल नजर नहीं आया क्योंकि आप अकेले नहीं थे आपके साथ साथी भी थे कुछ साथी भी आपके साथ थे और आपके साथ आपके भाई इमाम हुसैन भी थे इमाम हसन भी थे इमाम हुसैन भी थे और आपके तीसरे भाई आप तीनों भाई सफर में थे और आपने वाक़ भी सुना है बखूबी ये कि एक बूढ़ी माँ के पास गए और खाने के लिए तलब किया लेकिन खाना नहीं था और बूढ़ी माँ का जो शौहर था वो भी घर में नहीं था और किस तरीके से बूढ़ी माँ ने आपके लिए एक बकरी को ज़बा किया एक ही बकरी थी बूढ़ी माँ के पास और वहीं उसके रोज़ी का और उसकी खाने पीने का इंतज़ाम एक ही बकरी से होता था और उसको उसने मेहमान नवाजी में और भी उसे पता नहीं था कि ये इमाम हुसैन है और ये अहिल बैत के घर आने से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उन्होंने क्या किया उस बकरी के सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए उस बकरी को ज़बा किया और इमाम आल मकाम और उनके काफले वालों को पेट भर के अपने खाना खिलाया ये वाक़ पेश आया लेकिन उस जगह पर अह बैद के इन तीनों शहजादों ने मौला कायन के इन तीनों शहजादों ने आपके लिए आपको एक वादा फरमाया था कि अम्मा जब आप मदीना तशरीफ लाओ तो हमसे मुलाकात करना हम इसका बदला तुम्हें अता कर देंगे और आपने देखा कि उस बूढ़ी माँ को इस पर यकीन तो नहीं था मगर उसने खिलाया भरपेट और उसके बाद उसका शोहर आया किस तरीके से डाट पती और घूमते फिरते किस तरीके से मदीना की गलियों में पहुंची और उन पर इमाम हुसैन की नज़र पड़ी और उन्होंने 200 बकरियां उस खातून को दी तो ये इनकी सखावत थी जिस इस वाके में बयान है आपने बाखूबी सुना है मैं ज्यादा तफसी नहीं करूँगा क्योंकि इनकी सखावत का आलम है कि अगर उन्हें कोई एक देता है तो वो उन्हें सौ अता कर देते हैं ये वो दर है जहाँ पर अगर कोई आता है तो उसे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं रहती एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक सैयद ज्यादे और एक ईसाई में झगड़ा हो गया अब झगड़ा इस बात पर था कि हमारे नबी आला है और वो कहता था हमारे नबी आला है अब उसकी नस्ल में हातिम ताई जो बहुत ही मशहूर है वो आया कहा कि हमारे यहाँ हमारे नबी की उम्म के लोग इस तरीके से सखी है कि हाथीम तई के दरवाजे उसके महल के दरवाजे आठ थे और एक ही भिखारी अगर वो आठों दरवाजे से आता तब भी वो उसके दर से खाली न जाता यह हमारे हातिम ताई का ये मामूर था और ये सखावत थी उसकी कि वो आठों दरवाजे उससे अगर एक ही भिखारी आठों दरवाजों पर जाता तब भी वो खाली हाथ न जाता फिर उसने कहा उसे ये ज्यादा से आपके नाना का आलम क्या है आप जिसने रसुल कहते हैं नबी कहते हैं सैदिया कहते हैं उनकी सखावत किस कदर थी तो सैदे ने बड़े प्यार से कहा कि भाई सुन हमारे नाना जान का और हमारे रसूल का कोई महल तो नहीं था ना उनके घर के आठ दरवाजे थे बस उनकी एक झोंपड़ी थी एक छोटा सा घर था उसका एक दरवाजा था मगर कसम से सच मानो उस दरवाजे पर अगर कोई याता तो फिर उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं रहती थी ये मेरे आका की सखावत है और किस तरीके से ना हो सखावतों में सबसे बड़ी सखावत अहले बैत के घराने की है मेरे आका के घराने की है माँ फातिमा रजियल अनहा। वो भी इतनी सखी थी वो बहुत गरीब थी इतनी गरीब थी के वो अपने लिए एक नौकर भी नहीं रख सकती थी इतनी गरीब थी कि कभी कभी उनके घर में रोटी बनाने के लिए आटा भी मौजूद नहीं होता था कई कई दिन वो भूखे रहते थे रोजे करके वो अपने दिन काटते थे मगर कुरबान जाओ एक मरतबा रसूल पाक की बारगाह में एक यहूदी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ मेरी चार बेटियाँ हैं मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि आपके दर से कोई भी खाली नहीं जाता कोई भी धर्म का हो कोई भी मजहब का हो वो आपके दर से खाली नहीं जाता मैं एक यहूदी हूँ और मैं आपके पास सवाल लेकर के आया हूँ मेरे मुशरे में मेरे किसी ने मदद नहीं की मैंने आपका बहुत नाम सुना है या रसूल्ला अल्प अला के रसूल है आप मेरी मदद फरमाए आपकी सखावत के बारे में मैंने बहुत चर्चे सुने के मैं बड़े दूर से आया हूँ मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं मैं आपके पास बड़ी आस लेकर के आया हूँ आप मेरी मदद के ने फरमाया, अली के पास चले जाओ और जाकर के कहना के रसुल्लाहम्मद ने भेजा के अल्लाह के रसुल ने भेजा है बस इतना कहना तुझे वहां से जो मिले वो लेकर के तू चला जाना तेरा काम हो जाएगा जब वो यहूदी अल्लाह के रसूल के घर पहुंचा अल्लाह के रसूल से घर से निकल कर के हजरते अली के घर पर पहुंचा और हजरते अली के घर दस्तक दी दस्तक देने के बाद हजरते अली घर में से बाहर आए और फरमाया ऐ शख्स कौन है तू तुझे क्या चाहिए उस शख्स ने अर्ज की कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा के आपके पैगंबर ने भेजा के मुझे कहा गया है कि अली के दरवाजे पर चले जाओ तुम्हारी मुराद को भर दिया जाएगा उसने अपना माजरा अपना मामला पेश किया और पेश करने के बाद हजरते अली माँ फातिमा के पास गए और कहा ए फातिमा एक शख्स को अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे अब्बा जान ने यहाँ पर भेजा है लेकिन हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है हम खुद कितने दिनों से यहाँ पर फाका कशी कर रहे हैं हम उस शख्स की झोली कैसे बढ़ सकेंगे माँ फातिमा ने कहा कि कोई बात नहीं देखो तो जरा कुछ हो तो उस शख्स को दे दो लेकिन हजरत अली ने अपनी नजरें झुका करके कहा कि फातिमा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है फिर हजरत अली ने कहा हजरत फातिमा ने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो वो जो बगल में हमारा यहूदी एक रहता है उस पड़ोसी से जाकर के तुम कर्जा ले आओ अब वो पड़ोसी के पास हजरत अली गए और जाने के बाद उससे कहा क्या शख्स तुम मुझे कर्जे पर कुछ रकम दे दे मेरे दर पर एक साहिल आया है मुझे उसे देनी है उस यहूदी ने कहा मैं तुम्हें रकम तो दे सकता हूँ मगर रकम के में तुम मुझे क्या दोगे कुछ रखना होगा, तब जाके मैं इतनी बड़ी रकम तो हजरत हो नाराज होकर से कहा वो कुछ मांग रहा है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है मैं क्या गिरवी रख सकता हूँ चलो मैं उसिल से मना कर देता हूँ कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है तुम जाओ और फिर कभी आना बस इतना कहना था बस इतना कहना था कि मां फातिमा ने कहा कि ए मेरे शोहर ए मेरी आंखों के तारे क्या आपको नहीं पता जब इंसान सारी दुनिया से बेबस हो जाता है सारे दरवाजों से ठुकराया जाता है लौटाया जाता है तब वो हमारे दर की आस लेकर के आता है अब हमारे दर से अगर लौटा दिया गया तो और वो दुनिया में कहाँ जाएगा उसे कौन देगा उसे कौन देगा उस तरीके से उसकी मदद कौन करेगा एक काम करो हसन और हुसैन को ले जाओ और ले जाकर के उस शख्स के पास गिरवी रख दो और पैसे लेकर के आओ हजरत अपने दोनों शहजादों को लेकर के जाते हैं और जाने के बाद उस शख्स की से कहा शख्स जब तक मैं अपने पैसे ना लौटा दू तो इन बच्चों को अपने पास रख तो उस शख्स ने कहा क्या तुम पैसे कब तक लौटाओगे हजरत अली ने कहा कि कि शाम शाम का सूरज से पहले मैं तुम्हारे पैसे पैसे लौटा दूंगा। फिर उस शख्स ने कहा अगर शाम तक तुम लेकर के ना आए तो तुम्हारे इन दोनों बेटों को तुम भूल जाना ये बेटे इन बेटों पर अब तुम्हारा हक नहीं रहेगा शाम से पहले पैसे दे जाना जब ये कहा इन कहने के बाद हजरत अली उन दोनों बेटों को गिरे हो गिरवी रख करके पैसे लेकर के उस शख्स को देते हैं वो शख्स चला जाता है अब वक्त वक्त ढलता ढलता जाता जाता है मुस्तफ़ा लगा हो जिनके जुबान पर लुआब मुस्तफ़ा लगा हो जिनको अल्लाह तबारक वाला ने जन्नत के फूल कहा हो अल्लाह के रसूल ने उन्हें जन्नती मर्दों के सरदार कहे उन सरदारों को गिरवी रख करके हजरते अली साहिल की मुराद को पूरी करते हैं अगर हमारे घर पे कोई आ जाता है तो हम क्या कहते हैं हम कहते हैं हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि ए शख्स तू यहां से चला जा अभी कुछ नहीं है बापू माफ करो लेकिन हजरते अली की सखावत देखिए कि अपने बेटों को गिरवी रख करके उसने उन्होंने उस साहल की मुराद को पूरा किया और पूरा करने के बाद अपने बेटों के बारे में सोचने लगे लगे इधर उधर घूमने मगर के पैसों के लिए कोई इंतजाम ना हुआ कोई इंतजाम ना हुआ इधर से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे आपके चेहरे को देखा अल्लाह के रसूल ने आपसे फरमायाली इतने गमजदा क्यों हो इतने नाराज क्यों हो इतने टेंशन में क्यों घूम रहे हो अली ने अर्ज किया क्या करूं? वो उस साहिल का उस साहिल की झोली को तो भर दिया गया लेकिन मेरे दोनों बेटे अभी गिरवी पड़े हुए हैं हजरत अली ने जब इतना कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली जब तक तुम्हारे बेटों के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तुम्हारे कर्ज का इंतजाम नहीं हो जाता अल्लाह तबारक ने सूरज को यह हुक्म दे दिया है कि जब तक अली का कर्जा अदा न हो जाए तुम गुरुब न होना यह हजरत अली की शान है कि जिसके जिसकी सखावत जिनकी सखावत के बारे में हम क्या कहें आइए उन्हीं की बारगा में मैं मनखबत पढ़ने के लिए जनाब हाफिज चरग साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मनखब सुना हम सबको और फरमाए जी जी सब सुन रहा था आपको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत आप फरमा रहे थे हज़रत अली के से गुफ्तु हो रही थी आइए में मन खबत पेश कर रहा हूँ फिर इनशा इमाम की होगी जी जी जी के अहले नजर की आँख का तारा अली, अली एह नजर की आँख का तारा अली अलीहले नजर कियाारा अली अलीहले वफा के दिल का सहारा अली अली फा के दिल का सहारा अली अली मरगब तो नीम घरे मकतल पड़ा हुआ मरगब तो नीम घरे मख तल पड़ा हुआ उठने का नहीं के ये मारा अली का है उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है आइए इमाम अली मकाम की शान में मन खबर पेश करता हूं शायर फरमाते हैं बल्कि पीर नसीदीन नसीर वो लड़वी रही का कलाम है जो कि पीर महर अली शाह गो लड़वी के पोते हैं वो क्या ये खूब फरमाते हैं मौलाना साहब जी जी के पुश्तों से मैं नसी हूँ सैन का पुश्तों से मैं नसीर हूँ हुसैन का पुश्तों से मैं नसीर नसी उमंगता हुसैन का विरसे में मेरे आया है सदका हुसैन का विरसे में मेरे आया है सदका हुसैन का विरसे में मेरे आया हुसैन का और फरमाते हैं पीर नसूरुद्दीन गोलड़वी के काफी है मेरे वात नकले हुसैन काफी है मेरे वास्ते नकले गमे हुसैन असल की तो बहुत दूर की बात है बात है बल्कि नकल ही काफी है। फरमाते हैं कि काफीगे मेरे वित नकल गुरु चलता गे चलता गे हर जहान में सिक्का हुसैन का माशा गे हर जहान में सिक्कान का माशा और जब वह। तमाम अम्बिया अलिमसलम जब कयामत के दिन होगे तो उनकी फरमाइश क्या होगी वो क्या कहेगी फिर नसीरुद्दीन कहते हैं कि नबियो की रोजे में गे शर्ल फरमाइश ना हो नबियों की रोजे में फरमाई से कहीं ना हो कहीं हुजूर को ये कहे कि नबियो की रोजे में गे शर्ल से न हो हो आजान हो बिला की सजदा हुसैन का आजान हो की सज़दा हुसैन का सजताजान हो की सज़दा हुसैन का माशा इसका सबूत दे दिया असर की प्यास ने का सबूत दे दिया इस की प्यास ने शेरों का शेर होता है बच्चा का ना ना ना का माशाल्लाह शेर सुहा है बच्चा हुसैन का पुश्तो से मैं नसीर रु मंगता हुसैन का विरसे में मेरे आया है सदका हुसैन का सुछार और, और, और आखिर में कहते हैं कि मैदान हसर में क्यों कर मैदान हसर के दिन हो तुझे क्यों फिक्र मैं में तुझे क्यों हो फिक्र नसीर तू तो है दु हुसैन का पुष्पो से मैं नसीरु का आइए मैं हमारे अच्छा। जो मेहमान है उनसे कुछ सुनते हैं जो सब जो मौन सली बाबा और बासिक अशरफी जो के खलीफा शेख उम है दोनों हजरत सर इनका कुछ है, प्रॉब्लम है तो वो भी आ जाएगा इन शुमे मन खबर पेश कर देता हूँ गरीब नवाज की शान और गौ से आजम की फिर इनशाला अपनी हाजिरी में मुकम्मल करता हूँ ताकि हजरत को भी मौका मिले जो आने वाले हमारे मेहमान जो कि खूस ही है आइए में मन कब पेश करता हूँ हमारे नवाज जी। जी। जी। जी। आलिया गरीब नवाजान में गरीब नवा मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज माशा में पुल सिरा से गुजरू तो इस तरह गुजरू इधर फरीद खड़े हो इधर गरीब दे दे दे दे दे दे दे नवाज हिंद की चौखट पर सुतानुलंद की चौखट पर सुन हिंद की चौखट पर तकदीर जगाने आया गो तक दीर आया गु सुल्तान उल गिंद की चौखट पर तकदीर जगाने आया गु तक देर जगाने आया गु आप ए दर्द दे हिजरोलम आप साना ए दर्द हिजरो आलम रो रो कर सुनाने आया हूँ रो रो कर सुनाने आया वो और क्या भूल गई आखिर मुझसे क्यों खाप में आना छोड़ दिया क्यू खब में आना छोड़ दिया सुछा सुछा। दर पे बुलाना दिया क्या भूल गई आखिर मुझे से क्यों खाब में आना छोड़ दिया रोटे हुए अपने खाजा को रो उठे गोवे अपने खा जा रो उठे गोवे अपने खा को मैं आज मनाने आया हूँ मैं आज मनाने आया हूँ और अर्ज कर रहा हूँ मेरे गरीब नवाज सरकार की बारगाह में कि जब का आलम हो अल्लाह से होती हो अल्लाह से होती हो बाते जब राज का, का आलम हो अल्लाह से होती हो अल्लाह से होती हो उस वक्त न भूले आप मुझे उस वक्त न भूले आप मुझे उस वक्त न भूले, भूले आप मुझे ये याद दिलाने आया ये यादें दिलाने आया हूं ये याद दिलाने आया हूँ ये यादें दिलाने आया हूँ माशाला और दीदार का दिल में शौक लिए कहता है तुम्हारा ये सैयद के गेता गे तुम्हारा तो ये सही दीदार कदिल में शोक लिए दीदार दिल में शोक लिए दीदार का दिल में शौक लिए कह गे तागे तुम्हारा ये सैयद ुल हिंद के जल वो को सुलतानुल हिंद के जलबों को सुलता हिंद के जलबों को सीनों में बसाने आया हो सीनों में दो बसाने दो आया हु की तो पर एक मेरे की शान में एक मनकबत के दो पेश कर देता हूँ क्या मल तब गौस है बेराबा ए से है पाला तेरा वाग क्या मल तपाए गौ से बाला तेरा वाग क्या मल तपाए गौ से बाला तेरा वाग क्या मल तपाए गौस ग पाला चोके सरोमला तेरा ऊँचे ऊ चो के सरों से कदम तेरा।, तेरा और सर भला क्या कोई जाने के कैसा क्या कोई जाने के कैसा तेरा ओलिया मलते गे आलवा तेरा औिया मलते गे आलवा तेरा और क्या दबे जिस पे मा का गो पंजा तेरा क्या दबे जिस पे मात का गो पल जा क्या दबे जिस पे माय का गो पल जा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं शेर को शेर को शेर को खतरे मिलाता नी कोता तेरा और राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद और राजी किस करते नगी तेरे खुद बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया किस न से लेता नहीं दरिया तेरा आखिरी शेर में पढ़ने जा रहा हूँ बिल्कुल शायर फरमाते हैं कि तेरी सरकार में रजा उसको शफी तेरी सरकार में तेरी सरकार में था गजा उस को शफी जो मेरा गौस गए और लाडला बेटा तेरा जो मेरा से और ला तेरा जो मेरा मेरा और और बेटा बेटा तेरे बल्कि बहुत प्यारा शेर मुझे अचानक याद आया के कस में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे कस्मे देखा दे गे तुझे कस्मे देख खिला है तुझे प्यारा अलग तेरा चाग वाला तेरा प्यारा अल्लाग तेरा चांगने वाला तेरा प्यारा अल्लाग तेरा चांगने वाला तेरा प्यारा अल्लाग तेरा चांगने वाला तेरा, तेरा, जागने वाला तेरा माशा सुलहानल्लाहान माशा था, बहुत ही खूब हाफी चरग साहब ने हमें सुनाया और काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया गरीब नवाज़ के बारगाने भी उन्होंने मन खबर पेश की हजूर इमाम अली मकाम के बारखानों में पेश की जो शायद कहता है कि उनके निस्बत का ताज रखते हैं और हर मर्ज का इलाज रखते हैं उनकी नस्बत का ताज रखते हैं और हर मर्ज का इलाज रखते हैं खौफ हमें क्या होसैनी हम है और हुसैनी मिजाज रखते हैं ये इमाम हुसैन इमाम हुसैन की ज़ात है के जिनकी बरकत से अल्लाह तबारको तला हमें रिस्क भी अता फरमाता है और कल बरूज कयामत भी हमारी बश्स इमाम हुसैन की मोहब्बत के वजह से होगी यह अल्लाह का करम है और गरीब नवाज की ये शान है ग़रीब नवाज वो शख्सियत है कि सबसे बड़ा जो एहसान हम हिंदुस्तानियों पर है कि वो उन्होंने हमें ईमान की दौलत बख्शी है वो ग़रीब नवाज़ की शान है और ग़रीब नवाज का रोज़ा ये हम हिंदुस्तानी ग़रीबों का मदीना है क्योंकि जब इंसान ग़रीब नवाज़ की बारगाह में पहुँचता है तो उसे ऐसा नहीं लगता कि वो अजमेर में है बल्कि ऐसा लगता है जैसा वो दरबार में दरबार में खड़ा हो और क्यों ना हो इसलिए कि गरीब नवाज ने अपने रोजे को अपनी गली को जन्नत का एक बगीचा बना रखा है और कैसे कि खाज़ा ने गलियों की किस्मत को जगह डाला खाज़ा ने गरीबों की किस्मत को जगा डाला नाना का मदीना भी अजमेर में बना डाला नाना का मदीना भी अजमेर में बना डाला और जन्नत शाहे जिला ने जो बाटी मुरीदों को जन्नत शाहे जिला ने जो बाटी मुरीदों को तो मेरे खाजा ने भी अजमेर में जन्नत का एक दरवाजा बना डाला ये गरीब नवाज के शान है जब वहाँ पर बंदा पहुंचता है अपने दुखों को भूल जाता है क्योंकि ये उस उम्मीद के साथ जाता है कि जब गरीब नवाज़ की बारगाह में मेरी हाजिरी होगी तो मेरे दुख और मेरे गम गरीब नवाज दूर कर देंगे अल्लाह गरीब नवाज की बारगाह में गरीब नवाज की बारगाह से हमें वो करम अता करेगा हम पर वो रहम फरमाएगा कि जब गरीब नवाज़ की बारगाह में कोई जाता है तो वो खाली लौटता ही नहीं क्योंकि उन्हीं के दरबार से बादशाह हिंदुस्तान का बादशाह अकबर को बादशाह मिली और उन्हीं के दर से आज बादशाह हो चाहे फ़कीर हो सभी को रिस्क मिलता है मैं आप सभी से माजरत चाहूँगा आप लोगों से बहुत बड़ी माजरत चाहूँगा और इसलिए क्या हमारे बीच आने वाले जो अजीम दो शख्सियत है उनमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे साथ जॉइंट नहीं हो पा हो पाए बहुत कोशिश की मगर वो हमारे साथ जॉइंट नहीं हो पाए अल्लाह तबारक वाली हमारे इस महफिल को कबुल फरमाए और हमें ये उम्मीद है कि इन शबारक वाली आए आइंदा प्रोग्राम में वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे इन शबारक वाली हम आने वाले प्रोग्राम में इशल उन्हें शामिल करेंगे आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और एक बात ज़रूर कि बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो आपका दोस्त मोहम्मद इनायत आप फिर मुलाकात करेगा तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त हुआ मैं आप सभी मुझे याद रखें आप सभी को अल्लामक वरह वा